प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है भाग विश्लेषण के इस कार्यक्रम में भाग विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आज हम जिस शख्स की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं आप भी उनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे और भारत के चार जो है भारत के बहुत बड़े ये पॉलिटिशियन हैं बहुत बड़े नेता हैं और वर्तमान में इस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट जी हाँ बीजेपी के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं और बीजेपी को इन जो है बीजेपी पार्टी का चाणक्य इनको कहा जाता है तो जी हाँ अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और तमाम दर्शकों की डिमांड थी कि अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण सर आप जरूर करिए क्योंकि आप बहुत अलग हट के विश्लेषण करते हैं तो आप सभी के डिमांड पर अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले वही प्रार्थना है सभी लोगों से हाथ जोड़ करके कि आप लोग बहुत अच्छे कुल से आते हैं बहुत अच्छे खानदान से आते हैं मान मान और मर्यादा आपकी बहुत अच्छी है आपके जो है कुल का यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो दर्शकों प्लीज़ किसी भी प्रकार के नेगेटिव कमेंट गंदे कमेंट या yeah, अशोभनीय टिप्पणी मत करिएगा जो भी अगर कोई डिबेट करता है तो आप हेल्थी डिबेट करिएगा हम कमेंट को डिसेबल नहीं करेंगे ये आपके ऊपर छोड़ते हैं आप लोग कैसे जो है यहाँ पर अपना चरित्र दिखाते हैं तो दर्शकों आप जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो लोग इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ नोट कर लें क्योंकि तमाम इनकी कुंडली अलग अलग आ रही लेकिन मुझे जो अच्छा लगा और मेरा जो अब तक का जो है अल्प ज्ञान है दस बार दस बारह सालों में जो भी हमने सीखा है जो भी तजुर्बा है थोड़ा बहुत तो उसी के आधार पर मुझे ये कुंडली इनकी सटीक लगी और काफ़ी कुछ गणनाएँ इनके व्यक्तित्व से मेल भी खाती हैं इनके साथ जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उस पर भी मेल खाती है दर्शकों केवल यहां पर हम इनके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड ही विश्लेषण करेंगे और बाकी कुछ नहीं लेंगे जैसे D1 वन चार्ट हो गया D9 हो गया D10 हो गया तो इन्हीं सब पर हम बात करेंगे बाकी परिवार में क्या चल रहा है बच्चे क्या हैं और व्यापार क्या है कैसा इन सब पर हम कोई फोकस नहीं डालेंगे दो मई में क्या ये बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे क्या अमित शाह जी इस बार का चुनाव जीतेंगे या हारेंगे इन पर हम प्रकाश डालेंगे ज्योतिष गणनाओं के दृष्टि पर तो आप लोग डेटा ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए 22 अक्टूबर उन्नीस इनका जो है डेटा ऑफ बर्थ है इनका जो जन्म का समय प्रातः पाँच बजकर पच्चीस मिनट पर है और जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और देखिए जो कुंडली बन करके आ रही है इनकी जो है क्या कहते हैं स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग जन्म कुंडली की जो बन के आ रही है ये कन्या लग्न की कुंडली है और मेष राशि है जी हां कन्या लग्न की जो कुंडली होती है कन्या लग्न के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है कि कन्या लग्ने भवेद जातो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्ना सुंदरा सुरथा प्रिया हमारे वाक्यों पर वर्डिंग पर आप लोग गौर जरूर करिएगा तो जिनका भी जन्म कन्या लग्न में होता है वो तमाम प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं सौभाग्यशाली होते हैं गुण संपन्ना गुण संपन्न होते हैं सुंदरा सुंदर होते हैं आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं सुरथा प्रिया, अर्थात राजा के प्रिय होते हैं तो आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े प्रिय हैं बहुत खास हैं और ये जो कन्या लग्न का जो है वाक्य अभी हमने बोला है ये इन पर शत प्रतिशत चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है दूसरा जो इनकी राशि है मेष राशि है और जन्मकालीन जो इनका नक्षत्र हुआ था तो इनका नक्षत्र हुआ था भरणी नक्षत्र में हुआ था भरणी नक्षत्र जो होता है ये शुक्र का नक्षत्र होता है तो भरणी नक्षत्र के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है कि आरोग सत्यवादी चाह सत्यप्रचा दृढ़व्रता भरण्याम जायते लोका सुसुखी धन वानपी तो जिनका भी जन्म भरणी लग्न में हो भरणी नक्षत्र में होता है वो जातक जो होते हैं निरोग होते हैं सत्यवक्ता उत्तम विचार वाले और दृढ़ इच्छा शक्ति एक बार जो चीज ठान लेते हैं उसको करके ही रहते हैं और ये हमें अपने जो है मुख से बताने की कोई जरूरत ही नहीं आप भी जानते होंगे कि जो चीज़ इन्होंने सोची है अमित शाह जी ने वो चीज़ इन्होंने पाई है आज यदि भारतीय जनता पार्टी किसी मुकाम पर है तो ये नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी का देन है जो बीजेपी इस समय अधिकतर स्टेट्स में रूलिंग पार्टी के रूप में नजर आ रही है तो दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण है यदि कहीं गवर्नमेंट नहीं बन रही होगी तो अमित शाह जी वहां पर जो है देखिए गवर्नमेंट बना लेते हैं तो ये सब चीजें देखिए राजनीतिक कौशल जो है इनके अंदर आते हैं तो ये किस कारण है इनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ था कन्या लग्न भरणी नक्षत्र इनका जो जन्म है जन्मकालीन नक्षत्र है दर्शकों जिनका भी जन्म गुरुवार के दिन होता है तो हमारा शास्त्र क्या कहता है देखिए अमित शाह जी का जन्म गुरुवार के दिन हुआ था जो 22 अक्टूबर दिन था इस दिन गुरुवार था तो गुरुवार के दिन होते हैं तो शास्त्र हमारा यही कहता है कि धन विद्या गुणुपित्तो विवेकी जन्म पूजिका आचार्य सचिवो सियाद गुरुवार संभवा अर्थात जिनका भी जन्म गुरुवार को होता है वो बहुत धनवान होते हैं अपने विवेक से अपने बुद्धि से काम लेने वाले होते हैं सर्व लोगों में मान्य होते हैं बहुत अच्छे ये जो है राज्य मंत्री हो सकते हैं या केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं या बहुत अच्छे ये वक्ता हो सकते हैं और ये सारे गुण इन पर मिल रहे हैं दूसरा दर्शकों इनकी जन्म कुंडली में देखिए बताना चाहेंगे क्योंकि कन्या लग्न है और ये जो लग्न है कन्या लग्न ये पृथ्वी जो है तत्व तो का जो है लग्न है और जो इनकी राशि बनती है मेष राशि चर राशि है और मेष राशि का जो स्वभाव अग्नि तत्व तो की राशि है तो दर्शकों अब आप इनकी कुंडली में देखिए जो लग्नेश और कर्मेश बनते हैं अर्थात लग्न के जो स्वामी बनते हैं और टेंथ हाउस के स्वामी बनते हैं ये बनते हैं बुद्ध ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा इस कुंडली में जो जो हम वर्ड बोल रहे हैं ये आप बर्थ चार्ल्ड पर जो है देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं और बर्थ चार्ड से कैसे टैली हो रहा है तो जो इनके लग्नेश और कर्मेश बनते हैं ये बनते हैं बुद्ध और बुद्ध सेकंड हाउस में चले गए हैं शुक्र के घर में और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर जहाँ सात नंबर लिखा है यहाँ पर सूर्य देव जब बैठ जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं तो सूर्य बुद्ध का यहाँ अधित योग बना देव यहाँ पर नीच के हो गए दूसरा यहाँ पर देखिए दो प्लेनेट नीच के एक मंगल यहाँ पर चार नंबर लिखा एकादश स्थान जिनको जो है लाभ का स्थान कहते हैं या इनकम का स्थान कहते हैं तो यहाँ पर मंगल भी नीच के हो गए तो दो प्लेनेट नीच के हो गए हैं लेकिन दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि ये प्लेनेट नीच के हैं नीच भंग की परिभाषा क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई ग्रह यदि बैठे हुए हैं और उनके साथ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं और यहाँ मंगल बैठे हैं तो अगर मंगल के साथ यदि चंद्रमा बैठ जाए तो यहाँ नीच भंग हो जाएगा या यहाँ उच्च के गुरु आकर के बैठ जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा या यहां पर सूर्य नीच के हैं शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं आकर के बैठ तो यहाँ नीच भंग होगा आपने कंडीशन सुनी होगी आज एक कंडीशन हम आपको और बताते हैं ये बृहद पराशर होरा में लिखा हुआ है और इस पर भी आप करिएगा देखिए दो प्लेनेट नीच के हैं तो यदि नीच ग्रह एक परिभाषा ज्योतिष की यह भी है यदि नीच ग्रह अपने राशि के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन कर ले तो भी नीच भंग होता है अब सपोज करिए देखिए इस कुंडली में सूर्य देव कहा बैठे हुए हैं शुक्र के घर में भाई यहां पर तुला राशि उदित होती है तुला राशि का स्वामी कौन शुक्र तो सूर्य देव शुक्र के घर में बैठे हैं शुक्र कहां बैठे हैं ये देखिए शुक्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं तो दोनों का राशि परिवर्तन हो गया ठीक तो यहाँ पर नीच भंग भी हुआ और दूसरा एक जो सुंदर राजयोग हमने राहुल गांधी जी की भी कुंडली में बताया बीजेपी की भी कुंडली में बताया प्रियंका जी की कुंडली में भी बताया कि स्थान परिवर्तन नामक एक राजयोग होता है तो यहाँ पर भी स्थान परिवर्तन नामक राजयोग बना दूसरा एक बात और बताना चाहेंगे कि मंगल नीच के हो गए हैं लेकिन मंगल कहां पर बैठे हुए हैं चंद्रमा के घर में और यहां पर देखिए अष्टम स्थान में कुंडली के चंद्रमा जो बैठे है, मंगल के घर में बैठे हुए इनका भी परिवर्तन जो है हो, गया, तो इनका भी तो भंग हो गया और दूसरा स्थान परिवर्तन नामक एक राजयोग यह भी घटित हुआ दो सुंदर राजयोग के बारे में हमने आपको बता दिया एक बात और बताना चाहेंगे इनकी कुंडली में राहुदेव राजनीति का जो कारक ग्रह है तुरंत फेमस करा देता है व्य को देख राहु राहु टें बैठे हुए हैं और ये राहुदेव जो है ये यहाँ पर उच्च कर हो गए हैं आकर के और यहाँ पर जब राहुदेव उच्च के हो गए हैं तो जिस भाव में राहू बैठते हैं उस भाव के जो है भावाधिपति होते हैं जैसे टेंथ हाउस के लॉर्ड यहाँ पर बुद्ध बनते हैं तो इनको मजबूत कर दिए वो कहीं पर बैठे हो, दृष्टि संबंध हो चाहे ना हो लेकिन दृष्टि संबंध भी देखिए राहु पंचम दृष्टि से बुद्ध को यहाँ पर देख भी रहे लेकिन इस राशि को इन्होंने ताकत दे दी इनके जो है राशि के जो अधिपति हैं बुद्ध देव इनको भी इन्होंने मजबूत कर दिया तो यहाँ पर राहु उच्च के होकर के मजबूत हो गए और राहू बैठेगा टेंथ हाउस में बैठे हैं तो साहब टेंथ हाउस किस चीज़ का होता है ये कर्म का होता है व्यक्ति कर्म क्या करेगा ये टेंथ हाउस डिसाइड करता है राजनीति तो राजनीति भी एक प्रकार का कर्म है तो यहां पर अमित शाह जी को राहु ने जो सफलता दिलाई है वो जबरदस्त दिलाई आगे हम महादशा दशा पर भी चलेंगे, चलेंगे जन्मकुंडली दूसरा दर्शकों को बताना चाहेंगे केतु फोर्थ हाउस में यहां पर जाकर के उच्च के हो गए फोर्थ हाउस किस चीज का होता, फोर्थ होता है लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड आपके होता है भूमि का आपका होता है भवन का आपका होता है वाहन का आपके होता है सुख का आप कैसी लाइफ जो है जिएंगे तो ये दोनों हाउस से रिलेटेड देखिए इनको बहुत अच्छी सफलता मिली और बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का जो चरण था कि सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम आ, क्या कहते हैं फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया YouTube हो गया ये सबका जो क्रेज है WhatsApp का क्रेज़ है इसके माध्यम से BJP को एक नई दिशा और जान दी है तो जो 12th हाउस होता है कुंडली का ये संचार का होता है ये टेली का होता है तो यहाँ पर इनको जो कूटनीति थी सूर्य शुक्र और बुद्ध ये तमाम प्लानिट जो थे इनको तमाम प्रकार की कूटनीति में लेकर के आए तो दर्शकों यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन में थे दूसरा बताना चाहेंगे कि इनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में देखिए नहीं है अष्टम चंद्रमा यहाँ पर हो गए हैं इनको कफ से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी एक बात और बताना चाहेंगे कि इनकी कुंडली में देख लीजिए शंख योग बन रहा है और शंख योग कैसे बन रहा है तो इसका भी जो है बृहद परासर हो में उल्लेख दिया गया है कि यदि लग्नेश यदि लग्नेश और दशमेश चर राशि में हो और भाग्येश बलि हो तो शंख महापुरुष ना संखयोग बनता है यदि लग्नेश और दसमेश चर राशि में हो और भाग्येश बलि हो तो शंख योग बनता है अब देखिए हम ये जो बोल रहे हैं आप कहेंगे लग्नेश दसमेश क्या क्या संस बोल रहे हैं तो इनके लग्नेश और दसमेश अर्थात बुद्ध और इसमें फार्मूला हमने बताया कि यदि चर राशि में हो लग्नेश और यदि चर राशि हो तो यहां पर देख लीजिए जो सात नंबर है ये तुला राशि यहां पर उदित हो रही है और जो तुला राशि है ये चर राशि है और भाग्यश बलि हो अब यहां पर जो भाग्यश है मतलब नौ नंबर का जो स्वामी है शुक्र शुक्र जाकर के ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया और बलि हो गया तो स्थान परिवर्तन राजयोग से तो संखयोग होता है तो इनकी कुंडली में एक ये संखयोग भी बना हुआ है तो दर्शकों कुंडली आप लोग देखिए क्या कह रही है हर एक चीज आज हम आपको प्रूफ करके बताएंगे दूसरा दर्शकों इनकी जन्म कुंडली में देखिए डी चार्ट में चलते हैं डी चार्ट में जो राहु की स्थिति है ये बड़ी साहब स्ट्रांग हो गई है इनके डी चार्ट पर यदि आप डिटेल जो है देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं देख सकते हैं जो इनका दशमांश चार्ट है जी हाँ डीटेन चार्ट इसको बोलते हैं ये बेसिकली कर्म के लिए देखा जाता है कि जा कर्म कैसा करेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तुला लग्न है और जो यहाँ लग्न के स्वामी शुक्र बनते हैं ये सप्तम में आ गए हैं और फिर यहाँ पर अगेन राहु वर्गोत्तम है डिटेन चार्ट में और भाग्य के घर में जा कर के बैठा है ठीक तो इनको भाग्य का प्रॉपर साथ मिलेगा राहु की जब भी इनकी वर्तमान में भी राहु की दशा चल रही है राहू की दशा में ये अपने पीक पर होंगे लेकिन दर्शकों एक बात और बताएँगे राहू जो उच्च का होता है ठीक राहु जब उच्च का हो जाता है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि क्रूरो दुष्ट बलिष्ठा साहस निस्त्र मंत्रिणाम प्रबरा राज्य कमला मणि सहिता सर्वभानु स्वच्छोग तो अर्थात कि राहु यदि अपने उच्च मिथुन राशि में है तो जातक थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं तेज अधिक तेज होता है तो क्रोध बहुत अधिक होता है और साम दाम भेद जिस भी प्रकार से कोई कार्य होगा उसको सिद्ध करने वाला बलवान होता है साहसी होता है और मंत्रियों में श्रेष्ठ होता है राजनीति में निपुण होता है ये राहु के उच्च के लक्षण के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर यदि इस फार्मूले को भी ले तो इनके ऊपर पूरी चीज़ें ये चरितार्थ होती हुई दिख रही है तो दशमांश में भी राहू और गोत्तम हो गए और भाग्य के घर में जा के इनके किस्मत को आज बीजेपी जितने स्टेट्स में है तो इनके किस्मत के कारण अच्छा इनका आप लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी की कुंडली से बीजेपी को क्या मतलब वो है तो देखिए वर्तमान में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी कुंडली से विचार करके ये बताया जाता है कि पार्टी जीतेगी या हारेगी आपके जो है क्या कहते हैं जिस भी पार्टी की कुंडली होती उसका विचार किया जाता है उसके प्रेसिडेंट कौन है उसका विचार किया जाता है इसीलिए हमने अभी मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण नहीं किया हम डेढ़ साल पहले कर चुके थे वर्तमान में अब देखिए इनके साथ जो जो घटनाएं घटित है, हुई हैं ये भी आप लोग देखते जाइए राहु की महादशा चल रही है और राहु के पहले जो इनकी दशा चल रही थी मंगल की थी और मंगल इनकी कुंडली में अष्टमेश है और मारक भी हैं तो जब मंगल की दशा का वो पीरियड था तो इनके ऊपर तमाम प्रकार से एलिगेशन लगे और ये क्या कहते हैं कुछ राज्य पक्ष से भी इनको बहुत ज़्यादा वो किया गया प्लस केंद्र सरकार जब जो है आई उसके बाद भी इनको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से वेदना दी गई तो ये चीज़ें जो थी मंगल की दशा में इनकी थी खैर अब राहु की दशा पर दृष्टि डालते हैं वर्तमान में क्या होगा इस समय क्या होगा तो वर्तमान समय में राहू में इस समय सूर्य का अंतर चल रहा है ये तीस चार दो तक रहेगा अर्थात 30 अप्रैल 2019 तक रहेगा तो ये पीरियड जो रहेगा दर्शकों देखिए ये 5 छः 2018 से लगा है राहू में सूर्य का पीरियड और तीस चार उन्नीस तक ही रहेगा ये पीरियड बहुत अच्छा तो दर्शकों इनका नहीं था हालांकि जो है कई स्टेट में देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है नहीं आ पाई लेकिन फाइट नेक टू नेक किया इन्होंने तो बिकॉज ऑफ जो है सूर्य बहुत अच्छा इनका पीरियड नहीं था अभी राहु में चंद्रमा आने वाला है और राहू में जो चंद्रमा का पीरियड आएगा ये तीस चार उन्नीस से उनतीस 10 20 तक आएगा ये भी पीरियड बहुत अच्छा नहीं होता है राहु में जब चंद्रमा का अंतर आता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन लेकिन ये भी देखिए कि 23 तारीख को ये 23 मई को रिजल्ट आएंगे बीजेपी के और तेईस मई के यदि गोचर कुंडली की हम बात करें तो गोचर कुंडली में सितारे इनके क्या कह रहे हैं अगेन राहु उच्च के हो गए हैं और राहु उच्च के हो करके देखिए इनके कर्म के भाव में गोचर इस समय कर रहे हैं तो अभी का जो पीरियड होगा 18 महीने का मतलब सात मार्च के बाद से जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है राहु इनके जो है उच्च के हुए हैं तो अब जो 18 महीने का पीरियड रहेगा उसमें इनके चार चांद लग जाएंगे ये बिल्कुल श्योर है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ साम दाम नंड भेद जैसे होगा बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी और ये अपने दम पर बनवा लेंगे सरकार क्योंकि कर्म के क्षेत्र में वर्तमान में गोचर कुंडली पर यदि हम दृष्टि डालें तो देख लीजिए गोचर कर रहे हैं और इस समय योगनी दशा पर भी दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि तमाम हमारे दर्शक कहते हैं कि योगनी दशा आप बताइए तो योगनी दशा जो देखिए दो से और सत्रह तक का पीरियड था आप लोग स्क्रीन पर देखिए सिद्धा की दशा चल रही थी इस दौरान इनके नेतृत्व में तमाम चीज़ें बीजेपी को जो है हासिल हुई हालांकि उस समय प्रेसिडेंट और कोई था बाद में ये बने हैं लेकिन सारी कमान इन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी चाहे सोशल मीडिया हो चाहे अन्य किसी माध्यम से प्रचार का हो 2014 में फिर जो है सितारे बदले और 2014 में सिद्धा में जब इनकी धान्या आई फिर ये बीजेपी के प्रेसिडेंट बने अब हम यदि बात करें वर्तमान में इनकी दशा की क्योंकि 2017 तक इनकी दशा थी संकटा की दशा चल रही है आठ साल की अगेन अब आप कहेंगे कि पंडित जी सक कुंडली में तो आप बताए संकटा की दशा चल रही है तो इनके ऊपर भी संकट आने चाहिए जी हाँ बिल्कुल आएंगे देखिए ग्रह किसी को नहीं छोड़ते हैं ग्रह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं संकटा की इनकी दशा जैसे लगी आप लोग खुद देख लीजिएगा कि तीन या चार स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट गिरी लेकिन लेकिन ये जो मार्च के बाद का पीरियड था ज्योतिष देखिए एक चीज़ों पर हम रख करके कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं एक चीजों को ही तर्क मान के नहीं चलते हैं। उसके पीछे भी बहुत रीजन है अब आप लोग देखिए संकटा दशा देख रहे हैं ना अभी संकटा में संकटा का चरण रहेगा 8 अगस्त 2019 तक संकटा में जो संकटा का चरण है इसमें जो जिस ग्रह का रोल रहता है मेजर रोल रहता है आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिए बगल में राहू लिखा होगा संकटा के जल्द बगल में राह बना होगा तो इस पर राहू का मेजर रोल रहता है अभी की यदि पीरियड करें जब से गोचर हुआ है जब से गोचर हुआ है तो राहु का इफेक्ट अब आ गया है और ये राहु क्या करेगा ये राहु आपको खुद नहीं उम्मीद होगी कि अरे ये भी हो सकता है तो अप्रत्याशित विजय दिलाएगा जहां पर ये खड़े हुए हैं जिस सीट से खड़े हुए हैं उन पर इनकी विजय होगी ये अपनी पार्टी को बहुत आगे तक की अभी ले जाएंगे ये जो 18 महीने का पीरियड चल रहा है दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जुपिटर जो है जुपिटर की सप्तम दृष्टि पराक्रम के घर पर पड़ रही है तो तमाम नीतिवान होंगे और धर्म कर्म को मानने वाले होंगे चूँकि केतु की नवम दृष्टि भी जो है ट्वेल्थ हाउस पर पड़ रही है और केतु क्या करता है केतु धार्मिक स्थावान बहुत बनाता है जैसे ये राम मंदिर का मुद्दा हो गया सबरीमला वाला मुद्दा हो गया और भी तमाम जो मुद्दे होते हैं उनको ये कैच कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं अपने निष्कर्ष पर निकल रहे हैं फाइनल कमेंट दे रहे हैं कि जी हाँ ये गांधीनगर सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें इनकी निश्चित ही विजय होगी और वो विजय बहुत बड़े अंतर से होगी इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जो गोचर में इस समय इनके राहु आ गया कर्म के घर में ये होगा और ये जो गोचर बैठा है लग्न पर बैठा है बहुत सटीक आता है आप लोग भी यदि कभी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के नंबरों पर दे सकते दर्शकों एक बात देखिए और आप लोग जान लीजिए कि इनका जो नामांकन हुआ था नामांकन जिस दिन हुआ था उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जा रही है तो कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ दर्शकों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फिर बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ज्योतिष कैसे काम करता है क्या क्या सितारे बोलते हैं कैसे बोलते हैं इस वीडियो में हमने समझाया आप लोग इस वीडियो को जम कर शेयर करिए तो दर्शकों देर कि इस बात की वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और स्वस्थ कमेंट करिएगा किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी यहाँ मत फैलाइएगा अन्यथा मत लिखिएगा तो ठीक है दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन आप लोग यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और ये सुविधा शुल्क के साथ है दीजिए इजाज़त आपने वीडियो को देखा इस प्रोग्राम को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत